मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि सात लोगों के सामने सात किस्म की बातों से परहेज़ करें मतलब वो ऐसे सात लोग जो ये सात बातें उनके सामने हमें नहीं कहना चाहिए उनसे हमें बचना चाहिए तो वो कौन सी सात बातें हैं और वो कौन से सात ऐसे लोग हैं तो जल्दी से फटाफट इस बातों को समझ लीजिए इन सारी बातों को समझ लीजिए तो सबसे पहली बात नंबर एक फकीर के सामने अपने माल और दौलत की बातें ना करो मतलब कोई फ़क़ीर है या कोई साइल है कोई मांगने वाला है या कोई मोहताज है या कोई ज़रूरतमंद है उसके सामने अपने फरवाहली और मालदारी की बातें बिल्कुल भी ना करो ऐसे शख़्स के सामने दूसरा वो आदमी बीमार के सामने अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का कसीदा ना पड़ो कोई अगर बीमार है तो उसके सामने आप अपनी सेहत की बातें ना करो बल्कि आप क्या करें उससे पूछें कि आपकी तबीयत कैसी है और वो परेशान हो रहा है तो उसको तसल्ली भरे अल्फ दें ये आपका काम बनता है बल्कि आप उसके सामने अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की बिल्कुल भी बातें ना करें अगर आपने उस जगह पर बातें करी तो आप बहुत घटिया है इंसान हैं तो तीसरा वो आदमी कमज़ोर के सामने अपनी तोानाई का इजहार न करो कमज़ोर आदमी के सामने अपनी ताकत का इजहार ना करो बात समझ में आ रही है चौथा वो आदमी रंजीदा के सामने खुशहाली का इजहार ना करो कोई गमजदा इंसान है तो उसके सामने खुशहाली का इजहार ना करो खुशहाली की बातें ना करो तो इसी तरीके से पांचवा वो आदमी जंदानी के सामने अपनी आज़ादी पर फख्र ना करो मतलब कोई अगर ग़ुला है या कोई क़ैद है तो उसके सामने अपनी आज़ादी का इजहार भी ना करो अपनी आज़ादी पर फख्र भी ना करो तो बात समझ में आ रही है छटा वो इंसान बे के सामने अपनी औलाद की जलवा नुाई से परहेज़ करो बे के सामने अपनी औलाद की जलवा नुाई से परहेज़ करो मतलब वो मायूस होगा ना अगर वो आपकी औलाद को देखेगा और वो बे है तो वो उसकी ख्वाहिशें बढ़ेंगी ना वो मायूस होगा परेशान होगा कि अल्लाह ने हमें क्यों नहीं ऐसी औलाद दी तो वह इस तरीके की आपको बातें बतलाएगा तो इसलिए बे के सामने अपनी औलाद की जलबा नवाई से परहेज़ करो मत लेके जाया करो तो सातवां वो इंसान यतीम के सामने अपने मां बाप की बातें ना करो मतलब कोई इंसान यतीम है तो उसके सामने अपनी मां बाप की बातें ना करो बल्कि आप उसकी मदद करें जहाँ तक हो सके उसकी ज़रूरतमंद का जितना सामान हो सके आप उसको दें और उसके लिए दुआ करें उसकी परेशानियों में उसकी मदद करें तो यतीम के सामने अपने माँ बाप की बातें ना करें तो सात ऐसे लोग थे जो सात बातों से हमें इनके सामने बचना चाहिए जो मैंने आप लोगों को बतलाया